मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ कमलनाथ का पंडित प्रदीप मिश्रा से बातचीत का वीडियो सामने आया जिसको लेकर गृह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कमलनाथ का सात दिन से मरने वाला वीडियो देखा है इससे राहुल गांधी का जनजाति और धार्मिक पाखंड का पता चलता है मिश्रा ने कहा राहुल जी कहीं आपके इवेंट से बुजुर्गों का नुकसान न हो जाए मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ कमलनाथ का वीडियो सामने आया है जिसमें वे पंडित प्रदीप मिश्रा से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम सात दिन से मर रहे हैं यात्रा के बीच कमलनाथ उज्जैन से इंदौर पहुंचे जहां उन्होंने कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के यहाँ कथा करने आए पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की कमलनाथ पंडित मिश्रा को बता रहे हैं कि राहुल गांधी का नियम है कि रोज एक दिन में चौबीस किलोमीटर से कम नहीं चलेंगे उनके साथ बाकी हम सब लोग भी सात दिन से एमपी में चल रहे हैं यात्रा सुबह छह बजे शुरू हो जाती है वीडियो की शुरुआत में ही कमलनाथ कहते हैं हम तो सात दिन से मरे जा रहे हैं केवल दो प्रिंसिपल हैं उनके एक दिन में 24 किलोमीटर से कम नहीं चलूंगा दूसरा ओंकारेश्वर, टांटिया मामा की जन्मस्थली और महाकालेश्वर के दर्शन ये तीन स्थान जाने का उनका संकल्प था राहुल ने कहा था कि भले ही ये तीनों स्थान यात्रा में जोड़ देना लेकिन चौबीस किलोमीटर प्रतिदिन चलने के सिद्धांत पर कायम रहूंगा तो so, बहुत खेल uh, ये बात तो सकते हैं इतना चलना जगह किलोमीटर चाहे हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो सबसे छोटे से छोटे व्यक्ति से नहीं मिलना ही हम तो सात दिन से मर रहे हैं सुबह छः बजे दो प्रिंसिपल बोली एक है चौबीस किलोमीटर से कम में नहीं चल पाते इस ये प्रोग्राम में आना चाहिए तब मैं महाकाल मामा और और ये तीन जोड़ देना और देना 24 किलोमीटर पर पर इस वहीं कमलनाथ के इस वीडियो आने के बाद गृहमंत्री नौता मिश्रा ने चुटकी ली और कहा कि कमलनाथ जी का मैंने वीडियो देखा जिसमें कमलनाथ जी कह रहे हैं वो सात दिन से मर रहे हैं कमलनाथ की जुआन से राहुल गांधी का जनजाति और धार्मिक पाखंड का पता चला मिश्रा ने कहा मैंने ये भी देखा कैसे टांटिया मामा के यहाँ और बाबा महाकाल के यहाँ जाने के लिए आपसे जुड़वाया मिश्रा ने कहा पीड़ा स्वाभाविक है आपकी उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ है उनको ऐसे जबरदस्ती न चलाएं की उनको मरने तक की बात करनी पड़े आपका इवेंट किसी के लिए नुकसानदायक ना हो जाए मानिक कमलनाथ जी मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि हम सात दिन से मर रहे मैंने ये भी सुना कि कैसे उन्होंने अपनी शर्तों पे प्रोग्राम में टंटिया मामा के यहाँ बाबा महाकाल के यहा अन्य जगह जाने के लिए आपसे जुड़वाया पीड़ा स्वाभाविक है आपकी इससे उनका धार्मिक और जनजाति के प्रति जो पाखंड है वो भी स्पष्ट आपकी जुबानी हो रहा है मैं राहुल गांधी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं तो उनको ऐसे जबरदस्ती न चलाएं कि उनको मरने तक की बात करने पड़े आपका इवेंट कहीं किसी के लिए नुकसानदायक ना हो जाए